आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचरल ट्रीजर में आपका स्वागत है मित्रों आज बिल्व की बात करेंगे भगवान शिव को यह प्लांट बहुत पसंद है इसको आप एजिल मार्मिलोस या बंगाल क्विंस के नाम से भी जानते होंगे रूटेसी फैमिली का ये प्लांट है ट्राईफोलिएट कंपाउंड लीव्स इसके हैं और इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से और एयर लेअरिंग के माध्यम से किया जाता है इसके जो ग्रीन फ्रूट्स आप देख रहे हैं इनके औषधीय गुण अलग होते हैं और पके हुए फल के औषधीय गुण अलग होते हैं ग्रीन फ्रूट्स का पल्प आप निकालेंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग के रेमिडिएशन में विशेष लाभ करता है इंटरनल ब्लीडिंग के लिए आप 50 ग्राम फ्रूट का फल ले लीजिए और उसमें पाँच ग्राम अदरक पाँच ग्राम सौंफ मिलाकर पेस्ट बना लीजिए दिन में दो से तीन बार आप देंगे तो आप देखेंगे कि तीन से चार दिन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है अगर आप इनके मई जून में फल पक जाते हैं उनका सेवन करेंगे तो उसके औषधीय उस गुण अलग होते हैं पके हुए फल पुराने कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए अर्ष की समस्या तथा कुपचन के निवारण के लिए शरबत बनाकर सेवन करना चाहिए कई बार पशुओं में रानीखेत जाता है उनको भी पके हुए बेल का सेवन करना चाहिए आसानी से रानीखेत खेत से पशु ठीक हो जाते हैं रिकरेंट फीवर की समस्या हो तो छाल का डिकोक्शन बनाकर सेवन कराना चाहिए की समस्या आसानी से ठीक हो जाती है कई बार नेताओं को धरने पे बैठना पड़ता है तो धरने पे बैठने के समय उन्हें भूख प्यास ना लगे उनका ब्लड प्रेशर या शुगर का लेवल या अल्सर की समस्या ना हो तो वो क्या कर सकते हैं दो से तीन पत्ते इसके सेवन कर सकते हैं आसानी से फिर वो घंटों धरने पे बैठेंगे तो कोई समस्या नहीं होती है इसके अंदर पाए जाने वाले फ्लैनाइड पॉलीफेनोलिक कंपाउंड विशेष एंटी एजिंग का भी कार्य करते हैं नेचुरल पाए जाने वाला कुमेरिन नेुरल ब्लड थिनर का कार्य करता है और पाए जाने वाला सोरालिन लिकोडर्मा में या व्हाइट स्पॉट में विशेष लाभ करता है इसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक एंटी इन्फ्लामेट्री प्रोटेक्टिव, एंजियोलाइटिक एंटी डिप्रेसेंट एंटी ओबिसिटी एंटी वायरल एंटी अल्सर एक्टिविटीज़ होती हैं और कई बार क्या होता है कि हम लोग डिओड्रेंट या पाउडर लगाते हैं तो हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं जिनमें बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ हो जाती है तो स्किन से फॉल स्मेल आती है गंदी बदबू आती है तो उसके निवारण के लिए आप इसके सूरज को त्वचा के ऊपर लगाना चाहिए या उस सूरज से स्नान कर लेना चाहिए तो त्वचा की कांति भी बढ़ती है और फॉल स्मेल से आप निजात भी पा सकते हैं साथियों ध्यान ये रखना है कि प्रेगनेंसी के समय इसके पत्र का सेवन नहीं करना चाहिए अबोटिफिशेंट नेचर के कारण जानकारी अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार